हाय दोस्तों मेरा नाम अमर मौर्या है मैं उत्तर प्रदेश जिला महाराज महाराजगंज का रहने वाला हूँ मैं छोटा सा आज मैं पहली बार अपना फर्स्ट ब्लॉग वीडियो बना रहा हूँ आप लोग प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें आज मैं आज अपना छोटा सा यूट्यूब पर फैमिली बनाने जा रहा हूँ ये अपने गांव का वीडियो डाल रहा हूँ दोस्तों वैसे भी हम बारह पास किए हैं मेरा उम्र तीस साल है अभी मैं समझ नहीं आ रहा है क्या फाइल वीडियो में क्या बोले क्या नहीं बोले दोस्तों आप लोग को अगले वीडियो में बताएंगे जाएंगे खेत में शाम को तब तक, तक सोचते हैं कि मतलब क्या बोले अगले वीडियो में क्या ना बोले दोस्तों आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए सपोर्ट करिए मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ कुछ भी नहीं हूँ आप सबका छोटा भाई ठीक है दोस्तों